भोपाल में रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का विश्व रंग कार्यक्रम पूरे विश्व में छाया हुआ हमारे साथ आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के फाउंडर संतोष चौबे जी मौजूद हैं उन्हीं से बात करेंगे कि विश्व रंग कार्यक्रम को लेकर क्या है सर विश्व रंग कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है काफ़ी भोपाल का नाम हो चुका है सिर्फ विश्व रंग कार्यक्रम के कारण जी, जी जी ये आज विश्वरंग का सातवा दिन है विश्वरंग यूँ तो चौदह नवम्बर से शुरू हुआ था और रविंद्र भवन से शुरू हुआ था तो कला महोत्सव वहाँ पर आयोजित हुआ जिसमें कौशिकी चक्रवर्ती थी फिर पूर्वा नरेश का प्ले था और एक दिन रामायण का भी अद्भुत प्रदर्शन श्री राम भारती कला केंद्र ने किया उसके पहले एक बड़ी पुस्तक यात्रा निकाली गई थी जो देश के करीब करीब पाँच सौ तो स्थानों पे गई ग्यारह पुस्तक यात्राएँ निकाली गई थी असल में सत्रह से हम लोग यहाँ पर हैं कुशा भाऊ ठाकरे इंटरनेशनल इंट्र, सेंटर में जिसमें बहुत सारे सत्र और बहुत ही अद्भुत सत्र हो रहे हैं वैचारिक प्रधान विचार प्रधान सत्र भी हैं पुस्तक चर्चाएं भी हैं परिचर्चाएं भी हैं बहुत सारे विषयों पर और शाम को युवाओं के लिए जो परफॉर्मेंसेज हुए हैं उसमें तो पूरा भोपाल लगभग उपस्थित हुआ जो विशेष सत्र सुबह हुए उसमें भारतीय परंपरा पर तीन सत्र हुए अनिल सहस्रबुद्धे जी थे पवन वर्मा जी थे मुकुल कांकर जी थे उसके बाद कल के जो वैचारिक सत्र थे उसमें मनोज पाहवा ने सिनेमा और संगीत पर बातचीत की आज के सत्रों में रसिका दुग्गल भी थीं और विशाल भारद्वाज जो बड़े फिल्म मेकर हैं वो थे आ, अश्नीर ग्रोवर सुबह आए थे जो स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं और एंट्रप्रनरशिप के बारे में बात करते हैं तो ये वो सत्र थे जो युवाओं के लिए प्लान करे थे विचार प्रधान सत्र थे दोपहर के सत्रों में सारे बड़े लेखक मतलब मृदला गर्ग आई हैं ममता काली आई थीं नंदकिशोर आचार्य थे और भारत की अन्य भाषाओं की भी सात भाषाओं के कवि लेखक यहाँ थे उनको विश्वरंग अलंकरण भी दिया गया प्रवासी भारतीय हैं लगभग तीस देशों के जिनमें प्रवासी भारतीय साहित्य पर बात हो रही है तो उनका भी सम्मान मध्य प्रदेश शासन की ओर से एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किया कोशिश ये भी है कि भोपाल एक ऐसा डेस्टिनेशन बने जो कल्चरल डेस्टिनेशन है रिलीजियस डेस्टिनेशन भी है और कल्चरल टूरिज़म को बढ़ावा देने की तो एम पी भी बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है साहित्य अकेडमी है मानव संग्रहालय है और इस बार एक आदिवासियों की संस्कृति पर भी एक समानांतर सत्र चल रहा है जिसमें तीनों दिन उनके साहित्य पर उनके कला पर बातचीत हुई और अद्भुत बात यह है कि एक बच्चों का भी फेस्टिवल साथ साथ चला रहे हैं उसमें लगभग तीन हज़ार बच्चा प्रतिदिन आ रहा है विभिन्न स्कूलों का और उसमें उनकी कला के बारे में उनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में पेंटिंग के बारे में बच्चों के लिए, लिए लिखने पढ़ने के बारे में वो सारे सत्र अलग चल रहे हैं तो प्रतिदिन लगभग दस हज़ार से बारह हज़ार लोग इस फेस्टिवल में आ रहे हैं और ये बड़ी सफलता सा के साथ संपन्न हुआ बीच में अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा भी किया गया था तो वो भी भोपाल ने बहुत सराहा है अंतर ये जो विश्वरंग है ये एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो वैश्विक रूप से हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रभाव के बारे में और एक तरह का आदान प्रदान आ, मानवतावादी दृष्टिकोण के विकास जैसे बड़े लक्ष्य लेके चल रहा है पहले इसमें 12 देश थे अब लगभग 50 देश हो चुके हैं ये संख्या बढ़ती ही जा रही है तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबका स्वागत आज शाम को अभी शिल्पराव का गायन भी होगा माननीय गवर्नर छत्तीसगढ़ अभी सब समापन करेंगी और उसके बाद में गायन समारोह भी होगा तो आज इसका समापन सत्र है और मैं सबका बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कम से कम अंतिम सत्र के गायन में पधारे तो हमें बड़ी खुशी हूँ सर आपने साहित्य और लेखन की बात की आपका भी नाम साहित्यकारों में भी आता है और अच्छे साहित्यकारों में जो पुरस्कृत रहते हैं और लेखन में भी आता है सर आपके कुछ लेखन भी हमने देखे हैं सुने हैं, पढ़े हैं जी जी आ, असल में तो मैं लगभग 30-35 वर्षों से लिख रहा हूँ मैं कविता भी लिखता हूँ कहानियाँ भी लिखता हूँ उपन्यास भी लिखता हूँ हाल में नया उपन्यास आया है अनुवाद भी मैंने किए हैं और वैचारिक गद्य भी लिखा है मैं आलोचना भी थोड़ी थोड़ी करता हूँ इस तरह मेरे यहाँ वैचारिक रूप से विचार ये जो जितने विधाएँ हैं इनके बीच कोई रेखाएँ नहीं हैं और जिसमें मुझे आनंद आता है वो काम करता हूँ पहले संगीतकार जैसा मतलब मैं जलतरंग बजाया करता था तो शुरू की बात है कॉलेज डेज की फिर धीरे धीरे साहित्य में आया थिएटर में आया और अब पत्रिकाएँ तीन चार हम निकालते हैं वनमाली कथा का संपादक हूँ विश्व रंग पत्रिका जो पूरे विश्व में जाती है उसका मैं संपादक हूँ विज्ञान पर एकमात्र पत्रिका देश में हिंदी में निकलती है 35,000 हज़ार निकलती हैं इलेक्ट्रॉनिक उसकी स्थापना भी हम लोगों ने की है और कलाओं पे रंग संवाद एक पत्रिका है वो निकालते हैं तो इस विश्व रंग में ये सब शोकेस किया गया है और हमने एक विश्व में हिंदी के स्टेटस पर एक रिपोर्ट भी बनाई इसका नाम विश्व में हिंदी है कि भाई इतनी बात हो रही है तो बाकी देशों में हिंदी के हालचाल क्या हैं और कैसे उसका विकास किया जा सकता है तो करीब 40 देशों पर आधारित विश्व में हिंदी रिपोर्ट भी रिलीज की गई है एक तरह का प्लेटफॉर्म बना है जहां से कि हम अगले चरण में जा सकते हैं हिंदी को प्रसारित करने के लिए भी माना जाता है कि संतोष चौधरी जी ने हिंदी को अच्छा खासा प्रसारित किया विश्व में अपने देश में ही नहीं क्योंकि विश्व में भी जी असल में भाषा तो अंतर्राष्ट्रीय ही है आ, हमें ऐसा लगने लगा पहले तो हम तीस पैंतीस साल से हिंदी में विज्ञान हिंदी में साहित्य हिंदी में अन्य विधाओं पर बातचीत अन्य विषयों पर बातचीत हिंदी साहित्य का प्रोजेक्शन ये सब काम करते थे 30, 35 वर्षों से 19, 17, 18, 19 तक आते आते ऐसा लगने लगा कि टेक्नोलॉजी अभी सरल कर रही है टेक्नोलॉजी ये संभव बना रही है कि आप उसका वैश्विक विस्तार कर सके फ़ॉन्ट्स आ गए हैं ट्रांसलेशन के टूल्स आ गए हैं तो तेज़ी से आदान प्रदान किया जा सकता है इसको सोच के और हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्र में रखते हुए ये फेस्टिवल प्लान हुआ था अब इसके बहुत सारे आयाम इसमें जुड़ गए हैं पर भाषा इसके केंद्र में है सर जानना चाहेंगे कि ये विश्व रंग कार्यक्रम जो सभी विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है आपने देखा हमने नेपाल अन्य देशों जापान तीज़। हाँ तीज़। तो ये ये कहाँ से आया कि अपन इसको विश्व रंग को भोपाल में स्टार्ट करें भोपाल देखिए वैसे तो देश का सांस्कृतिक केंद्र पहले से ही है इसको सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है कहा जाता है भारत भवन यहाँ है ये विंट्रो हॉल यहाँ है हमारे विश्वविद्यालय का नाम भी टैगोर विश्वविद्यालय है टैगोर मूलतः एक सांस्कृतिक व्यक्ति थे तो भोपाल में करें से एक लक्ष्य भी है कि रविंद्र टैगोर विश्वविद्यालय में करें और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है आईकॉन है पूरे कई देशों में उनके मूर्तियां लगी हैं उन पर बात होती है उनके अंतर्राष्ट्रीयता पर बात होती है तो इन सबको देख भोपाल को चयनित किया गया हमें ये भी देखा सर अभी विश्व रंग जो कार्यक्रम चल रहा है अपना इसमें तरह तरह के रंग के तरह तरह के लोग आए हैं अन्य प्रदेशों से आए नागालैंड से देखा हमने असम के हैंडीक्राफ्ट देखे हमने मेघालय के देखे उधर गुजरात के भी कुछ सामान पड़े हुए आयुर्वेद को लेकर भी जानकारी दी जा रही ये कॉन्सेप्ट की सब जगह सब चीज़ों को प्लेटफॉर्म सब एक प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ें मिल जाए ये कैसे पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जनरल ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं रहती कि एक प्लेटफॉर्म आ जाएँ जब हम साहित्य की बात करते थे अपने यहाँ पारंपरिक रूप से तो ऐसा मानते थे कि साहित्यकार कोई अलग किस्म का जीव है बाकी सब चीज़ें तो कटा हुआ है तो मूल बात तो है कि साहित्य कोई अलग से कटी हुई चीज़ नहीं है उसका संबंध समाज से है समाज का संबंध परंपरा से है परंपरा का संबंध आयुर्वेद से है उद्यमिता से है तो इन सारे चीज़ों का समन्वय करते हुए और साहित्यकार को इनके बीच में लाते हुए आ, काम किया जाए तो वो भी नया लिखेगा कोई नई दृष्टि भी खुलेगी और विचार भी नए खुलेंगे थोड़ा ये भी एक तलाश है कि आ, कई साहित्यकार इस समय आइसोलेशन में चले गए हैं तो उन सबको लाया जाए उनसे बातचीत की जाए संवाद पैदा किया जाए और ऐसा करते समय अन्य विधाओं पर भी दृष्टि डाली जाए क्योंकि साहित्यकार एक समग्र व्यक्ति है और पूरी चीज़ों को देखे समझे तो मुझे लगता है साहित्य में भी बल मिलेगा विश्व रंग कार्यक्रम में अब आगे हम आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा क्योंकि अब तक तो बहुत कुछ देखने को मिला अब अगला जो सेशन आएगा आज तो लास्ट डेट है अगला सेसन जब आएगा उसमें क्या नया चीज़ देखने को मिल सकता है अपने को अभी तो एक कमेटी हम रिव्यू करेगी इस साल के पूरे कार्यक्रमों का पब्लिकेशन बहुत सारे हुए हैं तो एक तो डेफिनेट बात है कि हम अनुवाद के काम को आगे बढ़ाएंगे भारतीय भाषाओं के बीच के अनुवाद को और विदेशी भाषाओं में अनुवाद को दूसरा ये बात हो रही है कि क्या एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बन सकता है जो समन्वित रूप से हिंदी के विकास का कार्य करे और वैश्विक रूप से करे क्योंकि ये कहना है ठीक होगा कि चीन अपनी भाषा को बड़े एग्रेसिवली पुष्ट कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और हमारी ओर से उतना उत्तर नहीं दिया जा रहा है तो हमारी भाषा को लेके समूह बने हर देश में समूह बने और वो एक महासभा जैसी कुछ या एक सभा जैसी बनाएँ वैश्विक सभा जो इस पर लगातार काम करती है इसी मैंने कहा कि एक बेंचमार्क हमने बनाया है कि अभी क्या स्थिति है अगली बार वो रिपोर्ट भी आएगी और तीसरा चिल्ड्रन बच्चों को लेके एक नई चेतना फैली है तो शायद हम एक राष्ट्रीय चिल्ड्रेन अकेडमी की स्थापना करें जो कि बच्चों पर काम करें शेष बातें अभी कोर कमेटी बैठेगी और बात करेगी मान के चलें कि आगे आने वाला समय और बेहतर होगा और बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वैसे भी ये बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसका नाम इसके कार्ड भोपाल का नाम विश्व में जाना जा रहा है जी जी जितने लोग आए हैं सबसे बड़ी बात देखिए जिससे मिलिए उसके चेहरे पर एक आनंद की आभा है लोग खुश हैं प्रसन्न है कल्चर भी देखिए तो बाहर कहीं फोक डांस चल रहा है कहीं कुछ भी डांस चल रहा है कोई किसी सारी विधाओं को शामिल करते हैं फूक पर भी जोर है तो इस तरह इसी इसी खुशी को बनाए रखना और विश्व रंग एक ऐसा रास्ता है जिसमें कि हम लोग कलाओं में बातचीत करते हैं खुश रहते हैं आनंद लेते हैं ऐसा एक रास्ता बने हमारे इसे कोशिश तक हम इससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद तो ये थी हमारे साथ संतोष चौबे जी फाउंडर ऑफ आईसेक्ट यूनिवर्सिटी साफ तौर पर कहना है कि जो विश्व रंग कार्यक्रम है कार्यक्रम के माध्यम से विश्व में भोपाल की पहचान बनी है आगे आने वाले समय में और बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा कई तरह के रंग बिखेर रहे हैं इस कार्यक्रम में कई तरह तरह के लोग हैं बॉलीवुड से लेकर के हर तरह के लोग शामिल हुए हैं राजनेता से लेके लेखक से लेकर हर तरह के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए अब ये भोपाल का नाम पूरे विश्व में फैल रहा है आगे भी ऐसे ही फैलता रहेगा कैमरामैन अफजल के साथ सत्यम शर्मा दखल न्यूज भोपाल